गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनोहर फिल्म चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई मनोहर फिल्म चैनल आज आपको गणतंत्र दिवस के बारे में महत्वपूर्ण बातें शेयर करेगा आशा है आप इन्हें ध्यान पूर्वक देखेंगे गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष छब्बीस जनवरी को मनाया जाता है इस वर्ष 2023 में भारत का चौहत्तरवा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है मिस्र के राष्ट्रपति अबलेद फते वर्ष दो हजार तेईस के मुख्य अतिथि हैं। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम उन्नीस को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था ये भारत के तीन राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते है स्कूलों कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकलती है जिसमे विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झाकिया होती है देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं देश के हर कोने में जगह जगह ध्वजवन दिन होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं गणतंत्र दिवस भारत के हर कोने कोने में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करें हम आपका दिल ऐसी धन्यवाद करते हैं